तो so भैया आप बेसिकली यहाँ कर कह रहे हैं आप आपका ये फ्री औरतों चेकअप है तो आप बेसिकली बता दीजिए आप कर, कर कह रहे हैं ये भैया फ्री और चेकअप है दर्द से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम है उसके लिए ये कैंप लगा हुआ है और इसका परपज़ है कि जितनी भी दर्द से रिलेटेड जैसे माइग्रेन आई टिकास सर्वाइकलैसे इनके ऊपर हम काम करते हैं लोगों को फ्री एडवाइस होती है ज़्यादातर चीज़ें जो घर से आप करके ठीक हो सकते हैं जैसे लाइफ चेंजेस फूड चेंजेस उसके द्वारा आप ठीक कर सकते हैं बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए हम गाइड करते हैं बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी हुआ तो कोई दवा हम देते हैं और वो भी ऐसा जिसमें पूरी तरह ठीक हो जाए बहुत लिमिटेड कॉस्ट के अंदर में आप पूरी तरह ठीक हो जाए ये सेवा हमारी चल रही है यहाँ पर रेगुलर है रोज़ शाम को पाँच से आठ यहाँ हनुमान मंदिर से आपकी बेसिकली मतलब शॉप भी है मतलब ये मेडिकल स्टोर भी है मेडिकल स्टोर में लोगों का कैंप लगते हैं यहाँ पे सेवा मिलेगी अगर आपसे पर्सनली मेडिकल शॉप में मिलना मतलब मेडिकल स्टोर में मिलना तो कहाँ मिलेगा सर हमारा एक स्टोर अभी यहाँ आ रहा है सनसोभ के सामने खुलने जा रहा है वहाँ पे हम रेगुलर रहेंगे और सुबह में कंपनी गार्डन गेट नंबर एक पे होते हैं और गेट नंबर पाँच पे अल्टरनेट डेज पर बाकी हनुमान मंदिर सेवलाइस यहाँ पे रोज है शाम को पाँच से आठ दिन शुक्रिया सोज आप देख सकते हैं कि इनका ये फ्री चेकअप कर रहे हैं और बहुत अच्छे से भैया ने आपको समझा दिया है कि इनका ये फ्री चेकअप होगा औरतों वाला जो भी परेशानी आपको होगी आप सब बताएंगे और भैया अंकल भी बता रहे हैं अपने कि क्या उनको परेशान किया पैर में कोई दर्द था तो वो बता रहे हैं और अगर आपको आना है अगर आपको मतलब देख एक्सपीरियंस खुद से करना है तो आप खुद आ जाइए हनुमान मंदिर सिविल लाइंस वाला है। ये प्रयागराज का और चैनल को लाइक करे, करे, करें सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सब करा मैं लेते सभी वीडियो पाने के लिए सोचा पक्का आइएगा और थैंक यू बाय